में से कितने लोगों को मेडिटेशन करना कितनों ने ट्राई किया है कभी ना कभी मेडिटेशन करने का सब ने ट्राई किया है कितने लोग झूठ बोल रहे हैं ऊपर <laughs> <laughs> रखो। अच्छा, <laughs> ऑलमोस्ट सब ने ट्राई किया है। ट्राई किया, लेकिन उसके बाद में किसी को मुश्किल लगा होगा किसी को आसान तो कितने लोगों को मेडिटेशन करना सच बोलना यह नहीं कि यहां पर सिर्फ बोलना है कि आसान है कितने लोगों को अभी आज की डेट में मुश्किल लगता है मेडिटेशन करना कितने लोगों को आसान लगता है आसान मतलब कि वो एक घंटे तक बिना कुछ करे यहां पर आराम से बैठ सकते हैं एक जगह पे टिक करके सोच लेना बिठा दूंगा मैं <laughs> बैठ सकते हो अच्छा तो बहुत कम लोगों को आसान लगता है ज्यादा लोगों को मुश्किल लगता है तो आज के इस सेशन का मकसद ये है कि मेडिटेशन को बिल्कुल आसान बना दिया जाए सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं सबके लिए पूरी दुनिया मेडिटेशन एक रास्ता है सिर्फ यह समझने का कि किस तरीके से इस पास को और फ्यूचर को छोड़ना है जिसकी पकड़ में अभी हम हैं और जब चाहें अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है सबको पता है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है सबको पता है फिर हम क्यों नहीं करते क्या वजह है कि हम मेडिटेशन नहीं करते हैं। बोर हो जाते बिग हैंड फॉर दिस गाइड कितने लोगों को मेडिटेशन बोरिंग लगता है करना यार क्या कर रहे हैं एक दिन करा दो दिन करा बहुत अच्छा लगा लेकिन उसके बाद में क्या कर रहे हैं ये भी कोई करने वाला काम है जैसे जब जा बाहर जाओ खेलो कूदो खाओ पियो मस्त रहो <laughs> ये एक मिथ है कि मेडिटेशन बोरिंग है लेकिन इस मिथ के पीछे एक सच्चाई छुपी है कि मेडिटेशन करने के हजार रास्ते हैं उन रास्तों में से नाइन्टी बोरिंग है लेकिन एक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है इंटरेस्टिंग है एक्साइटिंग है खेल है मजा है मस्ती है नशा नहीं कहूंगा उसको नशा थोड़ा ज्यादा हो <laughs> तो अगर मेडिटेशन जो बोरिंग है अभी आपने कहा किसी तरह से वो इंटरेस्टिंग हो जाए तो क्या होगा <laughs> मज़ा। मेडिटेशन हो का मतलब ये नहीं है कि आदमी बेकार हो जाए या लाश बन जाए जाकर के बैठ जाए ये नहीं है मेडिटेशन लोग इसका मतलब यह निकाल लेते हैं क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग जो मेडिटेशन को समझ ही नहीं पाए जिनको मेडिटेशन से ही प्यार हो गया जबकि मेडिटेशन इसलिए करी गई थी कि बाकी सब चीजों से अटैचमेंट छूटे उनकी सबसे अटैचमेंट छूट गई पूरा संसार से पूरी दुनिया से सबसे छूट गई मेडिटेशन से अटैचमेंट हो गई अब ऐसे आदमी का क्या इलाज जब भी आपको कुछ करने से अटैचमेंट हो गई या कुछ ना करने से अटैचमेंट हो गई आप समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे अब और कोई पॉइंट रह गया है कि, आ, क्यों नहीं करते हम हम मेडिटेशन? सबकी आदतें बहुत खराब जब तक डू और नहीं होता इंपॉर्टेंट हो जो काम है करना चाहे वो अर्जेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्लियर है उसको हम उठा करके साइड में रखते हैं और जब तक वो अर्जेंट ना बन जाए नहीं करते ऐसे ही होता है हर काम के अंदर तो अब मैं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता हूं आपके अंदर आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो जो कुछ भी वो क्यों कर रहे है? सिर्फ खुशी खुशी और शांति के के लिए। सिर्फ खुशी के लिए? इस दुनिया की प्रॉब्लम ही यही है कि वो ये समझ रहे हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी जब तक पैसा नहीं है तब तक पैसा ही प्रॉब्लम है कि पैसा मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी पैसा मिल गया उसके बाद में जब मैं इस पैसे से ये सब चीजें बना लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। जब ये सब चीजें बन गई, अब क्या भी खुशी नहीं मिल रही अच्छा शायद मैं मेडिटेशन कर लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी खुशी नहीं मिली अब क्या करोगे क्या करोगे कुछ नहीं करना खुशी यही है कल में है ही नहीं मैं खुश हो जाऊंगा तो खुशी मिल जाएगी यह भी अपने हमें एक ट्रैप है मैं खुश हो जाऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी खुश हो जाऊंगा यहां है और खुशी यहां है अब मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूँ बताता हूँ कि अब एक्जैक्टली exactly आपको करना क्या है जो टेक्निक है अब हम उसकी बात करते हैं आपको जो मिले हैं ईयर प्लग्स वो आपको लगाने हैं अभी इस समय अगर आप जो वीडियो में देख रहे हैं तो ईयर प्लग्स आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएंगे अपने घर के पास में आप जाएंगे ये पंद्रह रुपये के मिलते हैं विच यू कैन बाइट फ्रॉम एनी और ये बहुत जरूरी है इस मेडिटेशन को करने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इन केस आपको ये कहीं नहीं मिलते वैसे तो मिल जाएंगे अगर कहीं नहीं मिलते तो आप इसकी जगह पर अपने मोबाइल के ईयरफोन्स लगा सकते हो लेकिन उससे जो नॉइज है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होती शोर बंद नहीं होता और दूसरा आप कॉटन लगा सकते हो लेकिन उसकी भी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं है तो आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं एक बार दिखाएंगे मेरे को कहाँ है वो तो ये है जो एक थ्री कंपनी का है और ऐसी और भी कई कंपनी इसके आते हैं अब सबसे पहला स्टेप क्या है मेडिटेशन के अंदर कि बैठना कैसे है अब इसमें भी बड़े बड़े मित हैं ऐसे बैठो वैसे बैठो वो अच्छा है वो बुरा है सब अच्छा है जब तक कि आपकी बैक सीधी है और चेयर पे बैठ करके मेडिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सीधा सा फंडा है सीधा सा कोई भी पोज अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है उसमें भूल के भी मेडिटेशन मत करो क्योंकि अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लगेगा तो आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा तो आपको क्या करना है कोई भी कंफर्टेबल पोस्ट चूज करना है अगर कुर्सी पे आप बैठे हो हल्का सा आगे आ, आ जाओ हल्का सा ज्यादा भी नहीं हल्का सा आगे तो बैग अपने आप सीधी हो जाएगी गर्दन सीधी होनी चाहिए ऐसे नहीं होनी चाहिए ऐसे नहीं होनी चाहिए ठीक है हल्की सी टकडेन होनी चाहिए गर्दन और जो आंखें हैं जब बंद हो गई तो बंद होने के बाद में आपको ना नीचे देखना है ना बहुत ऊपर देखना है कुछ लोग बोलते हैं कि जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे यहां पर बहुत तेज दर्द हुआ कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है दर्द हुआ यहां पर दर्द होता है भाई दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जोर लगा रहे हो आप यहां कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो जैसे ही आप हल्का सा भी जोर लगाने लग जाओगे यहां पे दर्द होना शुरू हो जाएगा आप कुछ मत करो आप ऊपर देखोगे दर्द होगा नीचे देखोगे आपको नींद आ जाएगी <laughs> अब आगे बढ़ते हैं आप बैठ गए और सबसे पहले दस ब्रेथ लेनी है दस सांसें लेनी है गहरी जब भी आप सांस छोड़ोगे उसके साथ में टेंट को जोड़ दो फिर अगली सांस छोड़ी तो नाइन को जोड़ दो लेकिन मन में बोलना है मुंह से नहीं बोलना है ना मतलब कि अगर आपने ऐसे किया तो टेन और बोलना भी ऐसे है मन में तेज चीख करके नहीं जैसे मन में भी कई तरीके होते हैं बोलने के टेन हाँ अमरीशपुर की तरह नहीं बोलना आराम तो से जैसे कोई विस्फर कर रहा है आपके कानों में मतलब बहुत धीरे से अपने आप को बिल्कुल धीरे बोल रहे हो और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो काउंटिंग में अपनी बॉडी को माइंड को रिलैक्स करते चले जाना नोट करना किस तरीके से चीजें रिलैक्स हो रही है मतलब अगेन करने की कोशिश नहीं करनी ऑटोमेटिकली वो चीजें होती चली जाएंगी तो 10 से आप गए 9 पे 9, 8 और 0 तक जाना है जब तक आप 0 पे जाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है वो ब्लैंक हो गया लेकिन ये एंड नहीं है मेडिटेशन करके सोचो बस यही था यार अब यहां से खेल शुरू होता है अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं बोलने वाला हूं इस दुनिया में दो तरह की आवाजें हैं। एक वो जो बाहर से आ रही है जैसे एसी की आवाज आ रही है सबको भी मेरी आवाज आ रही है यहां पे अभी हल्का सा ठक ठक हुआ हाय, सुनो बाहर यहां पर कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं? अभी सबने बोला आवाज हुई ये बाहर की आवाज है हमें पता है सबको बाहर की आवाज क्या है कुछ आवाजें हमारे अंदर है कुछ आवाजें हमारे अंदर है जिसमें से कुछ आवाजों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते उनको जानना है अंदर की आवाज कौन सी है कोई बताएगा एग्जाम्पल हार्टबीट और अंदर की आवाज कौन सी है सांसों की आवाज ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी आवाजें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं वो आप पकड़ोगे कैसे जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में बाहर से आवाज आनी बंद हो गई तो इसका मतलब कि जो भी आवाज़ आ रही है वो अंदर से आ रही, से आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन आवाज़ों की तरफ चला जाएगा आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी धीरे धीरे इन आवाज़ों के साथ में आप देखोगे पीछे से एक आवाज़ आ रही है इन आवाजों के पीछे पीछे मतलब वैसे भूत नहीं है कहीं इन आवाज़ों के पीछे एक और बारीक आवाज है मतलब आवाज धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है जो सबसे भारी आवाज़ होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं जो तो सबसे हल्की आवाज़ होती है वो खो जाती है जो बिल्कुल हल्की होती है खो जाती है क्लियर हो रहा है ऐसा नहीं है मैं बोल नहीं रहा था मैं बोल रहा था ऐसा नहीं आप सुन नहीं सकते थे आप सुन सकते थे लेकिन हमारी हैबिट क्या है हम पतली आवाज़ों को छोड़ देते हैं हमारा ध्यान सीधा बड़ी आवाज़ों की तरफ चला जाता है इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है आपको क्या करना है पहले आपने ब्रेथ की आवाज़ को सुनना शुरू किया सुनते सुनते आपको इसके पीछे से इस ब्रेथ के पीछे से एक पतली सी आवाज़ सुनाई देगी वो पता है कैसी होगी हो सकता है किसी को झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे जैसे कभी किसी के साथ में हुआ है कि हम कहीं कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए और वहां पर लेटे हुए हैं और एकदम से एक झिगुर की आवाज आ रही है कान के अंदर सुना है या दिवाली के टाइम पे एक बम फट जाता है हमारे कान के पास में तो क्या होता है किसी को हो सकता है पानी गिरने की आवाजें आए झरने की आवाजें आए किसी को हवा की आवाज आए किसी को शंख की आवाज आए ऐसा लगेगा कान के अंदर कहीं पर शंख बच रहा है अब ये आप नहीं भी चाहोगे अब देखो मेडिटेशन में और इसमें क्या फर्क है अब तक की आपने जितनी और में, वहां आपको अपने आने वाला है। और सब में आपको अपने ध्यान को कहीं लगाना पड़ता है और ध्यान बार बार भागता है कभी थॉट की तरफ कभी आवाज की तरफ कभी कभी वहां कभी वहां कभी वहां होता है मेडिटेशन कर रहे होते आवाज आती है उधर से अरे भाई खाने में क्या बना है सारी मेडिटेशन भंग गई ऐसे होता है क्योंकि तो आप ध्यान को वहां रोकने की कोशिश कर रहे हो और ध्यान को रोकना जब तक कि आप पूरे तरीके से नहीं समझ जाते हैं है तो है। बाकी जगह पर आप क्या कर रहे हो जैसे ही ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी ये आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेगी मतलब समझ रहे हो वहां पर आप अपने ध्यान को यहां रोकने की कोशिश कर रहे हो यहां पर ध्यान ऑटोमेटिकली एकदम रुक जाएगा एकदम स्थिर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है ये क्या आ रही है एकदम से एक आवाज आएगी आप कहोगे ये क्या है आप नहीं भी सुनना चाहोगे आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और आप देखने लग जाओगे इसको आपको कुछ नहीं समझ आएगा यह क्या हो रहा है देखो कभी भी नोट करना कि जैसे ही हमको कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है जब तक हमारे लिए कोई भी चीज नई होती है हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है आप किसी नई जगह पर जाओ पहली बार किसी हिल स्टेशन पर जाओ तो क्या होगा आपका ध्यान पूरे तरीके से वहां पर है आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो ऐसे ही होता है एक एक चीज को देख रहे हो बड़े ध्यान से अरे ये क्या है? अरे वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वहां दूसरी बार जाओ क्या होगा तीसरी बार जाओ क्या होगा पांचवी बार जाओ क्या होगा आप वहां बैठे हो लेकिन अपने काम कर रहे हो माइंड के अंदर अपने काम के बारे में सोच रहे हो ऑफिस के बारे में सोच रहे हो ऐसे ही होता है हर एक चीज के अंदर ऐसे ही होता है अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती जो हमारे समझ से बाहर होती है तो हम सेंटर में आ जाते समझ ही नहीं आ रही क्या करें कुछ करने को आई नहीं अगर आपको समझ आ गई समझ कहाँ आएगी अगर मेमरी में कोई चीज पड़ी हुई है और आपको समझ आ गई तो आप एकदम से उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे आपने एक ट्रक की आवाज़ सुनी फॉर एग्जाम्पल बाहर से और आपको सुनाई दे गई तो आप क्या कहोगे अरे ट्रक की आवाज़ ठप्पा लग गया मतलब माइंड के अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई बट अगर अंदर से आपको ऐसी आवाज़ें आई जो आपको समझ ही ना आए मैंने आपको सिर्फ हिंड दिया है कि ऐसी आवाजें होंगी ऐसी ऐसी आवाज़ें होंगी आपको समझ ही नहीं आएगा नंबर वन कि आग कहाँ से रही है नंबर दो ये क्या है नंबर तीन ये किसकी है कुछ नहीं समझ आएगा आप दंग हो जाओगे आप सुन हो जाओगे जैसे ही आप सुनोगे काम हो गया आप सेंटर में आ गए अब चीज़ें जैसी है वैसी आपको दिखने लग जाएंगी इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं फिर इसके आगे और आपको क्या करना है बस एक चीज छोटी सी रह गई है कि जो भी आवाजें आएंगी ना उसको राइट साइड से सुनना है मतलब अपने राइट साइड से सुनना हो सकता है आपको लेफ्ट साइड से भी आ रही हो बट दैट इज ओके धीरे धीरे आपको उस आवाज को अपने ध्यान को यहां पर ले आना राइट साइड में ऑटोमेटिकली वो आवाजें आपको राइट साइड से आने लग जाएंगी और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में और घेरे जाते चले जाओगे अंदर जाओगे तो ये सारी आवाजें सेंटर में आ जाएंगी धीरे धीरे और फिर एंड में आपको एक जो लास्ट गोल है इसका वो रियलाइज हो जाएगा और वो हो सकता है किसी को दस दिन में हो बीस दिन में हो सकता है किसी को महीना लगे किसी को साल लगे लेकिन वो लास्ट गोल क्या है यहाँ पर एक आवाज़ है दिल में उसको अनाहता नाद बोलते हैं अनहत नाद अनहत मतलब जिसकी कोई हदें नहीं है बिना किसी आहट के जिसमें कोई आहट नहीं फॉर एग्जाम्पल एक हाथ की ताली आपने दो हाथ की ताली सुनी होगी कि उसकी आवाज़ कैसी होती है सोचो एक हाथ की ताली कैसी होगी उसकी आवाज़ वो सन्नाटे की आवाज है उस आवाज को आपको सुनना है सुन क्यों नहीं पा रहे उस आवाज को अगर उस आवाज को माइंड ने सुन लिया तो माइंड खुद को पहचान जाएगा अरे मैं ये ही यूं एक मिनट में माइंड अपने आप को देखेगा और सब कुछ खेल समझ आता चला जाएगा माइंड अपने आप शांत हो जाएगा माइंड शांत हो गया आप ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाओगे कुछ करने का नहीं रह जाएगा लेकिन सुन क्यों नहीं पा रहे बीच में शोर है बहुत शोर है जब हम बोलते हैं तो शोर होता है सुनते हैं तो शोर होता है तीसरे तरह का शोर और है उससे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों शोरों के लिए क्या किया है नंबर एक मेडिटेशन के टाइम पे आप बोल नहीं रहे नंबर दो जब आप सुनते हो शोर होता है वो भी खत्म हो गया इसके थ्रू ईयरबड के थ्रू ये जो आपने ईयर प्लग लगाया इससे क्या हुआ सुनना वन ये वाला शोर खत्म बोलने वाला शोर खत्म एक तीसरे तरीके का शोर है जिसको ख़त्म करना है जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है वो क्या है कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते कभी नोट किया है नॉनस्टॉप नॉनस्टॉप इसलिए स्ट्रेस हो रहा है फॉर एग्जांपल आप यहां बैठे हुए हो और मैं 24 घंटे आपके कान में आकर के कुछ बोलता रहा अरे क्या हुआ वो किया क्या अरे वो काम करना है <laughs> अरे वो कहीं रह ना जाए अरे उसकी लास्ट डेट आ गई है अरे वहां पर वो बच्चों को वहां भी लेने जाना है ये दिक्कत हो गई अरे ये ना हो जाए अरे वो ना हो जाए यार मेरा मन तो है ये काम करने का पता नहीं करूँ ना करूँ समझ नहीं आ रहा ये कर तो लूंगा लेकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा चल कर ही लेता हूँ अरे नहीं हुआ तो क्या होगा यही होता है चौबीस घंटे चलता है अब साइंटिफिकली आपको समझाऊँ कि एग्जैक्टली क्या करना है कितने लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि इसको राइट साइड से क्यों सुनना इस आवाज को राइट साइड से क्यों सुनना है वो मैं आपको आप साइंटिफिकली बता देता हूँ हमारी जो ब्रेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों आपस में कनेक्टेड है लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं इसको लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं इसको इंटूटिव ब्रेन बोलते हैं जहाँ इंट्यूशन चलती है आपका कॉन्टैक्ट हुआ किसी चीज के साथ में चाहे वो थॉट के साथ में हुआ चाहे मेरे साथ हुआ चाहे किसी आवाज़ के साथ में हुआ जैसे ही हुआ आपको आवाज आई आपने इमीजिएटली यहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई अरे ट्रक की आवाज़ जैसे ये पिक्चर देखी अरे कितनी खराब पिक्चर है कोई बदबू आई अरे बड़ी गंदी स्मेल है कोई अच्छी स्मेल आई अरे वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है होता है ऐसा अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है बातचीत शुरू हो जाती है जैसी अंदर बातचीत शुरू हो जाती है शोर शुरू हो जाता है इस बातचीत को किसी तरीके से बंद करना है अब साइंटिफिकली उसका क्या तरीका है जिस आवाज को आप राइट right साइड से सुनते हो उसकी प्रोसेसिंग हमारी लेफ्ट साइड की ब्रेन करती है मतलब जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो राइट right साइड के सारे फंक्शंस को चलाती है और जो राइट right साइड की ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के सारे फंक्शंस को चलाती है इससे होगा क्या इस पूरी की पूरी प्रोसेस से साइंटिफिकली जैसे ही आपने राइट right साइड से किसी भी आवाज को सुना और एक ऐसी आवाज़ को अब अगर मैंने राइट right साइड से आपको एक ऐसी आवाज सुनाती है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया कोई भी ऐसा नाम जिसकी एक फॉर्म बनी हुई है आपके माइंड में राम राम राम राम तो क्या होगा राम की इमेज बन जाएगी जैसे ही राम की इमेज बन जाएगी क्या होगा यहाँ पर बातचीत शुरू हो जाएगी कि राम भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो <laughs> कोई बुराई नहीं है उसमें बट बातचीत शुरू हो जाएगी <laughs> हे भगवान ये ये करो वो करो वो करो वो करो शुरू हो गई बातचीत जैसी बातचीत शुरू हो गई आप यहाँ से हट गए तो इन आवाज़ों को आप में से कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता आपके बहुत पास है लेकिन फिर भी इतना दूर है यहाँ से निकल रही है लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया ध्यान दोगे तो एक सेकेंड में सुनाई दे जाएगी जैसी सुनाई देगी माइंड ब्लैंक इधर वाले माइंड को कुछ नहीं पता क्या है बस ये पता है कि आवाज़ आ रही है वो अलर्ट हो गया इधर वाले माइंड को कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूं इसके बारे में तो वो चुप हो गया बिल्कुल आप ऑटोमेटिकली यहाँ से हट करके यहाँ आ गए सेंटर में आ गए आपका दिमाग बंद हो जाएगा मेडिटेशन का मकसद क्या है दिमाग ने दिमाग पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ मतलब दिमाग मरा नहीं है दिमाग ने बोलना बंद कर दिया और दिल खुल गया यह साइड जो है वो हार्ट से कनेक्टेड है दिल बड़ा होने लग जाएगा और माइंड छोटा होने लगता है धीरे धीरे माइंड जीरो हो जाएगा हार्ट बड़ा होता तो चला जाएगा और सारा खेल दिल का है सारा प्यार यहां है कंपैशन यहां है क्रिएटिविटी यहां है सब कुछ यहां है पीस ऑफ माइंड यहां है पीस ऑफ माइंड क्या है जब माइंड शांत हो जाए उसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड माइंड शांत है माइंड कब शांत होगा जब माइंड कुछ ऐसा देख रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता और सोचो अगर वो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप चाहो भी तो जिंदगी में कभी जा नहीं ना पाओ तो क्या होगा तो हमेशा के लिए माइनशा समझ गए अब उससे कलेक्शन बन रहा है जो मैंने कहा था इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ नया है बोरिंग नहीं है क्योंकि कुछ नया है एक्साइटिंग है क्योंकि रोज कुछ नया है ऐसी एक आवाज नहीं है पूरा पूरा म्यूजिक है और पूरा संगीत है एक सुर है अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते जब वो सुनाई देने लग जाएगा आपको धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लग जाओगे और आगे कैसे बढ़ना है सबसे पहले सांसों को पकड़ा जो सबसे वो है फिर उसके बाद में इसको पकड़ा अपनी हार्ट बीट को पकड़ा उसको छोड़ा उसके बाद में और पतली आवाज देखी कौन सी आ रही है फिर और वहां से दूसरी और उससे पतली आवाज फिर और पतली फिर और पतली फिर और पतली एक दिन आप एक ऐसी आवाज पर पहुंच जाओगे जिसके आगे और कुछ नहीं उसको छोड़ा तो आप भी छूट गए आप भी नहीं होंगे इसी आवाज को ओम बोलते हैं वो ओम की आवाज है सारे वेद ओम में से निकले हैं इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ ऑल वेद इस्लाम में जो सूफी लोग हैं सूफियों के अगर आप कभी भी गाना सुनोगे कुछ भी सुनोगे क्या बोलते हैं अल्लाह अल्लाह है मतलब कि हु है ओम ए यू एम इसके बीच में क्या आया यू यू को आप कैसे बोलोगे हु, हु। कोई फर्क है इस्लाम भी वही कह रहा है सूफी भी वही कह रहे हैं जो हिंदू कह रहे हैं बाइबल में भी यही कहा गया है वर्ड दर्ड वॉज वि शब्द था शुरुआत में। सोचो शुरु में सोचो शुरू शब्द कैसे हो सकता है सोचो जब कुछ नहीं था इस पूरी दुनिया में तब एक शब्द था इसी शब्द को हिंदी में भगवत गीता में क्या बोलते हैं अक्षर अक्षर मतलब के अक्षर इम्पेरिशेबल जिसको मारा ना जा सके अक्षर अक्षर योग का पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है कि अक्षर क्या है जहां कृष्ण भगवान इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ कि वो मेरा परम धाम है अक्षर और वो ओम है जहां से सब निकले वो हु है वो राम है वो रहीम है वो अल्लाह है वो जीजस है वो क्राइस्ट है कुछ भी बोलते रहो क्या फर्क पड़ता है कुछ भी बोलते रहो सब उसी के नाम है उसी एक के नाम है इसी को नानक जी क्या बोलते हैं अपना एक उनकार बोलते हैं एक उनकार का मतलब क्या है कभी सोचा एक ओम का जो आकार है वो ही सत्य है बाकी सब असत्य है और ओम क्या है निराकार है यही है तो सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं अलग अलग तरह से कर रहे हैं अलग अलग तरह से अलग अलग तरह से बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं एक है कि आप घूम घूम घूम घूम करके वहां तक पहुंचो एक है लास्ट में आप सीधा खट करके यहां पर पहुंचाओ जिसको सुनाई देना होगा सुनाई किसको देगा जिसका मन साफ होता चला जाएगा जिसके मन में जितना शोर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा इस ओम को सुनने में मतलब आप इसको जितना सुनने की उतना ही लेट सुनाई देगा क्लियर हो रहा है जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट सुनाई देगा जितना नहीं कोशिश कर रहे बैठ गए सुनाई देने लग जाएगा आप कुछ मत करो कान में लगा करके आराम से बैठ जाओ मत सुनो बोलोगे मैं नहीं सुनना चाहता तब भी सुनाई देगा <laughs> हो रहा है? ये हमारे सुनने की कैपेबिलिटी ही ऐसी है जो हमारी बॉडी का ऑर्गन सबसे पहले काम करना शुरू करता है मतलब ये काम आप आज से नहीं कर रहे जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से कर रहे हो तब से हम सुनना शुरू कर देते हैं ये ऑर्गन हमारा सबसे पहले डेवलप होता है सुनने का यह वाला जो है अंदर का और सबसे लास्ट में यह छोड़ता है इसीलिए कहते हैं कि जब एक आदमी जा रहा होता है उसके कान में जाकर राइट साइड पे कान में धीरे से बोलो राम राम राम राम क्यों बोलते हैं किसी ने सोचा दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं प्रेयर हम क्या समझ रहे हैं कि हम चुप हो गए जा करके मंदिर में हाथ जोड़ करके बैठ गए और अपनी इधर लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर लिया मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं लेफ्ट ब्रेन को हमने एक्टिव कर लिया और हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं यही समझते हैं प्रेयर जैसे मैं बचपन में करता था मेरे को प्रेयर अभी तक रटी हुई है जब मैं बचपन में मेरे को सिखाई थी कि हे hey, भगवान मुझे बल दो बुद्धि दो आयु दो मैं खूब अच्छा लड़का बनू पढ़ाई में भी हूँ बने <laughs> अभी तक रेडी हुई है ये प्रेयर इसको हम प्रेयर समझ रहे अरे ना भाई ये प्रेयर नहीं है ये प्रेयर नहीं है हाइएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर क्या है जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे ना मुंह से ना माइंड से आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो तब जो होगा वो प्रेयर है क्योंकि जो आपको सुन रहा है वो कहीं बाहर नहीं है आपके अंदर ही है जैसे ही उससे कुछ मांगोगे आप उससे दूर हो जाओगे उससे कुछ मत मांगो वो सब जानता है उसको सब पता है उससे कुछ कुछ मत सब कुछ मिल जाएगा ये मेडिटेशन है, मतलब के कुछ करना ही नहीं है अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना हो कभी एक्सपेरिमेंट करना हो या खेलना हो क्योंकि मैंने गाना ये ज्यादा सीरियसली मतलब इनसे बात हो खेलो खेलना हो खेलने का तरीका बताऊं बोलो मुझे मेडिटेशन नहीं करना मन में मतलब यह मेडिटेशन क्या है सुनना ही तो है आप क्या कह रहे हो मुझे नहीं सुनना करो कोशिश ना सुनने की तब भी सुनाई देगा यह खेल है ध्यान बाहर जा रहा है ले जाओ बाहर एक्सपेरिमेंट करो देखो क्या होगा ध्यान बाहर गया जैसे ही आप इन अंदर की आवाजों को पहचान लोगे ये आवाज अपनी तरफ आ, आपका ध्यान खींच लेगी आपको ध्यान यहां लाना नहीं पड़ेगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन में घेरे हो इसमें अपने आप ही खींचेगा आपको अपनी तरफ अपने आप खींच लेगा अपने आप ला करके यहां पर आपको कड़ा देगा ये जैसे ही आप कहीं जाओगे तो अब आपके पास में चॉइस होगी आप यहीं रह करके आप ये भी कर सकते हो ये भी ये भी ये भी मतलब हजारों चीजें कर सकते हो बिना किसी एक भी चीज से अटैच हुए आप कुछ भी पा सकते हो कोई चीज भी इंपॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई चीज आपके बाहर है ही नहीं और कुछ भी खो सकते हो क्योंकि खोने के बाद भी जिसको पाओगे उसके अंदर ही सब कुछ है बाहर कहीं कुछ है ही नहीं कानों में वो लगा लेते एक बार देखो इसको पहले अच्छे से आपको रोल करना है जैसे हम न्यूज़पेपर के साथ आपने कई बार किया होगा ऐसे फाड़ करके ऐसे ऐसे रोल किया होगा ऐसे ऐसे रोल करना है और फिर रोल करके कान के पास ले जा करके और फिर इसको अंदर इंसर्ट करना है और यहाँ पीछे से इसको दबा करके रखना है कम से कम 10 सेकंड तक उससे क्या होगा ये अंदर ओपन अप हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट इसको इंसर्ट करेंगे तो ये नहीं होगा तो अब हम क्या करने वाले हैं 20 मिनट के लिए आराम से बैठ करके पहले 10 ब्रेथस होंगी उल्टी गिनती गिनेंगे जीरो तक खत्म उसके बाद में ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दिया और जो सुनाई दे रहा है अंदर से बस तो उसको सुनना है बाहर से अगर कोई आवाज आई भी किसी के खांसने की आवाज आई या किसी तरह की कोई आवाज आई ध्यान जाता है जाने दो आप देखना अपने आप अंदर आ जाएगा करने की कोशिश मत करो अपने आप ही ध्यान बाहर गया खांसी की तरफ अपने आप आ जाएगा जितना आप उससे इरिटेट हो उतना ही वो आपको तंग करेगा थॉट्स आए कोई बात नहीं आने दो अपने आप वो आवाज़ें आपके ध्यान आपकी तरफ खींच लेगी अपने आप यहाँ ले आएगी आपको ये वाली लाइट्स आप बंद करवा दो। अब आप बताइए मेरे को आपका लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आप सबसे पहले तो कितने लोगों को सांसों के और दिल की धड़कन के अलावा कोई और आवाज भी सुनाई थी ध्यान लगाना पड़ रहा था उसकी तरफ या वो बार बार ध्यान खींच रहे थे बार बार आप मेडिटेशन में जा रहे थे है ना आप मेडिटेशन कर नहीं रहे थे ऑटोमेटिकली हो रहा था सब कुछ बाकी सब आवाजें बंद हो गई थी मैं आपको तीनों स्टेजेस बता देता हूं क्या है इसकी पहली है कि जब कोई नहीं आ रही तो ब्रेथ तो है ही ब्रेथ भी तो आपके अंदर ही है ना ये भी उसी की आवाज है ये सांसें निकल कहां से रही है कभी सोचा है सांसें कहां से आ रही है कहां जा रही है अगर आपके अंदर से मैं सांसें निकाल लू पांच मिनट के लिए क्या होगा कदम तो ये सांसे जहां से आ रही है और जहां जा रही है वहीं से ये आवाजें भी आ रही हैं और जा रही हैं। सांसें उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है जिसको आप आराम से सुन पा रहे हैं बाकी छोटे छोटे हैं जो सुनना शुरू करेंगे धीरे धीरे सुनाई देगा तो जब तक कुछ नहीं सुनाई दे रहा सांसों को सुनना है इसके साथ में अपने आप को जोड़ करके रखो नहीं भी जोड़ना थॉट्स के साथ में जाने दो जहां ध्यान जा रहा है जाने दो बाहर की आवाज पर जाने दो अपने आप ही अंदर की आवाज आपको खींच लेगी इसमें इतनी पावर है इतनी ज्यादा इसके अंदर अट्रैक्शन है ये अपनी तरफ खींच लेगी आपको जिसको इसके आगे की कोई आवाज सुनाई दी जैसे कोई बता रहा है किसी को झिंगुर की सुनाई दी कितने लोगों को दी झिंगुर की आवाज सुनाई थी और कौन को थी आई कोयल की आवाज़ आई, तो तो आपको तो मज़े आ गए हाँ एग्जैक्टली जैसे एक लाइट ऐसे होती है ना बुझती है जलती है जैसे तारे हम देखते हैं आसमान में तारे कैसे लगते हैं अगर ध्यान से आप देखोगे ऐसा नहीं लगता जल रहे हैं बुझ रहे हैं जल रहे हैं बुझ रहे हैं तो ये आवाजें तारों के जैसी होगी तारों के जैसी होगी बीच बीच में आएगी जाएगी और कई बार क्या होगा आप सांसों के बाद में एक आवाज आपको सुनाई दी झिंगुर की उसके बाद में और पतली एक आवाज आएगी वो आई आए और एकदम से चली गई और झिंगुर की आ गई उसके अंदर से आपको झलक दिखी ठीक है तो अभी आपको उस आवाज को नहीं पकड़ना पहले झिंग की आवाज में गढ़ना है जब आप इसमें गढ़ गए थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे तब इसके साथ में ही आपको एक और आवाज सुनाई देगी जो हल्की सी देरी होगी तो अपने ध्यान को झिंगुर से हटा दो वहां ले जाओ फिर वहां से हटा दो और आगे ले जाओ फिर और आगे फिर और आगे फिर और आगे एक कन्फेशन uh, है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लोग ये तो बता देते हैं कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए हर चीज का प्लस माइनस होता है तो मेडिटेशन का भी एक प्लस माइनस है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिटेशन का माइनस क्या है मेडिटेशन सिर्फ एक टूल है एक हथियार है वहां पहुंचने का या ये कहो कि एक नाव है जो आपको पार लगा देगी लेकिन अगर आपने उस पार होने के बाद में उस नाव को नहीं छोड़ा तो उसका कोई इलाज नहीं एक दिन ऐसा आएगा जब आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मेडिटेशन आप करोगे नहीं मेडिटेशन अपने आप ही छूट जाएगी उस समय जब वो छूट रही हो तो पकड़ने की कोशिश मत करेगी लालच मत करना कि अब मुझे ये दिख जाए वो दिख जाए वो दिख जाए वो दिख जाए कोई अंत नहीं है जब इसको जान लिया तो बस यहां पर गड़ना है दूसरा कन्फेशन विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों का काम ऐसा होगा जो और मैं इसको मजाक में नहीं बोल रहा मैं बड़ा सीरियसली बोल रहा हूं कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो जहां पर के बिना गुस्से के बिना गुस्सा किए आप काम कर ही नहीं सकते ऐसे भी कुछ लोग हैं और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा तो मैंने तो मेरे को तो वो समझ नहीं आई लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार शायद वो बंदा अपनी जगह पर ठीक है जैसे मेरे एक अंकल हैं मैंने उनसे पूछा मैंने कहा यार आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ लोगों को तो उनकी जो आंखें हैं आईब्रोज हैं वो हमेशा ऐसे रहती हैं ऐसे ऐसे और बाद बात, -बात पर जैसी कोई बात ऐसी मेरे मुँह से निकलती है जो उनको ठीक नहीं लगती तो उनकी नाक फूलने लग जाती है हंसते हुए मैंने उनको कभी देखा नहीं तो इस तरह के एक्सप्रेशन देख करके मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कि अंकल चक्कर क्या है आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो कहते बेटा मेरा काम ही ऐसा है मेरी आदत हो गई मेरा काम ही ऐसा है अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पर उनकी फैक्ट्री है कहते कि अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे चार गालियां ना दूं उनको और पी करके उन्हें दो चार गालियां दी कहते जब तक जब तक उन उन डैश डैश को ये ना किया जाए तब तक कोई काम करके राज़ी नहीं हो सकता है अपनी जगह ठीक हो और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना गुस्से के आपका काम नहीं चलने वाला आपकी फैक्ट्री नहीं चलने वाली तो प्लीज़ भाई मेडिटेशन मत करना गुस्सा खत्म हो जाएगा नहीं किया जाएगा मुझे कई बार अपने में बड़ी हंसी आती है कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर गुस्सा करना चाहिए फॉर एग्जांपल वो फैक्ट्री वाला वो जो मेरे अंकल हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनकी फैक्ट्री में कोई ढंग से काम ना करे तो उस पर गुस्सा करते हैं उसको गालियाँ निकालते हैं आज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं सिर्फ बोल नहीं ना अंदर तक इस बात को जानता हूँ मेरी फैक्ट्री होगी ना उसमें आग भी लग जाएगी तो मुझे हंसी आएगी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला मैं सीधा पूछूंगा हाँ भाई फायर ब्रिगेड को बुलाया गया कोई बात नहीं बुझा लो नहीं बुझती थे चलने दो कोई नहीं दूसरी फैक्ट्री में आएगी आएगा ही नहीं तो गलत आप चाहोगे भी तो आप किसी के साथ में गुस्सा नहीं कर सकते तो ये है पहली कैटेगरी दूसरी कैटेगरी है कि हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो जहां पर आपको लोगों को झूठ बोलना पड़ता हो या धोखा देना पड़ता हो ऐसे बहुत काम है आज के टाइम में बहुत काम है और यहां पर भी पता नहीं ऐसे कितने लोग बैठे होंगे <laughs> फॉर एग्जाम्पल जब तक आप झूठ बोलोगे ही नहीं तो आपका माल बिकेगा ही नहीं और झूठ भी ऐसा जिससे सामने वाले का नुकसान है एक झूठ ऐसा है जिससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है वो तो आप बोल लोगे वो तो मैं भी बोलता हूँ कई बार जिसमें सामने वाले का नुकसान नहीं है तो आप ये नहीं कि आप सत्यवादी हरीश चंद्र बन जाओगे लेकिन अगर आपको पता होगा कि आपका ये झूठ बोलने से फॉर एग्जाम्पल एक, एक बिल्डर है उसके आप फ्लैट बेचते हो और आपको पता है कि वो बिल्डर फ्रॉड है वो चोर है फिर भी आप उसके फ्लैट बेच रहे हो क्योंकि आपको कमीशन मिलने वाला है तो अगर आप ऐसे बिजनेस में हो ऐसी लाइन में हो आप भूखे मर जाओगे आप वो फ्लैट नहीं बेचने वाले उसका आप कर ही नहीं पाओगे खत्म हो जाओगे आप आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे आप उसका बुरा कर ही नहीं पाओगे दूसरी तरफ से कोई आ करके अगर आपका भी बुरा करेगा तो आप शांति से बैठ करके उसके लिए अकेले में बैठ करके हो सकता है उस टाइम पर थोड़ा बहुत रिएक्ट कर दो लेकिन अकेले में बैठ करके उसके लिए दुआएं मांगोगे अपने यहाँ पे हाथ रखे भगवान उसका भला करो भला करो भला करो ऐसी चीजें होने लग जाएंगी आपके साथ बड़ा अजीब है सुनने में बड़ा जीब है लेकिन होगा मैं अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका कसाई हो आप में से कोई है क्या कसाई है क्या <laughs> कसाई हो और आपका गांव में मुर्गे काटने आया <laughs> है काम है अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा ये काम सही है गलत है मैं कोई नहीं होता इसको जज करने वाला लेकिन अगर आपका ये काम है तो भाई भूल करके भी मेडिटेशन मत करना मत करना सच बता रहा हूं मैं भूल के भी मत करना मुर्गा आप काट रहे होगे ना उसकी आंखों में अरे एक बार अगर आपने उसकी आंखों में देख लिया ना आप रोने लग जाओगे क्या काटोगे उसको आप बंद कर दोगे अपनी दुकान को भूखे मर जाओगे खाने के लिए पैसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं समझ आएगा क्या करोगे लेकिन आप काट नहीं पाओगे चार आएगा। आप yeah. कर ही नहीं पाओगे <laughs> हाँ एक है कि हम प्यार करने की कोशिश करते हैं हम क्या, है... क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं जितनी कोशिश करोगे आप प्यार से उतना ही दूर हो गए आप प्यार बन जाओगे बीच में आए प्यार बन जाओगे कोई आए तो सही आपको मारने के लिए आपको उसमें भी प्यार आ जाएगा प्यार आ जाएगा ऐसा नहीं आप अपने को बचाओगे नहीं बचाओगे ऐसा नहीं उसको बचाने के लिए उसको मारोगे नहीं मारोगे लेकिन प्यार से बोलोगे नफरत से नहीं धीरे धीरे होगा क्या ऐसी स्टेज आ जाएगी आपकी जब चाह करके भी आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे और आप इस दुनिया के भले के लिए बिना बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किए रत्ती भर भी रत्ती भर भी कुछ भी कर जाओ चलते रहो ये जो चीज़ है ना जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा।